हेलो दोस्तों आज सुप्रिया के किचन में आप सभी का स्वागत है और आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की खट्टी मिठ्ठी चटपटी चट इसे जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए भिंगोया हुआ इमली इस इमली को हमने पानी में चार से पाँच घंटे भिंगो कर रखा है और ये अब इस तरीके से हो रखा है और इसके बाद हमें चाहिए चीनी लाल मिर्च पाउडर काला नमक अब चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सबसे पहले इमली को अच्छे से साफ़ कर लेंगे मसल मसल के इमली के सुल्कों को हटा देंगे और इस पानी को साफ कर लेंगे अच्छे से छान के दूसरे बर्तन में हाथ से ही छान लेंगे देख सकते हैं कचरा इतना से मेरा कचरा निकला है अब इसको फेंक देंगे अब गैस को जलाएंगे अब इसमें एक भगौना या कड़ाही आप जो भी चाहे वो रख इस पानी को इसमें डाल देंगे सारा इस पत्ता इस चटनी को बनाने के लिए ऐसा पानी चाहिए इमली की इतनी पतली अब इसमें जाएगा चीनी स्वाद अनुसार दो चम्मच नमक डाल देंगे काला नमक है ये आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं जैसा चटपटा करना हो अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर अब इसको चलाते चलाते गाढ़ा कर लेंगे ही चलाते चलाते ऐसे गाढ़ा करेंगे लेंगे इसको इसको चला देंगे ऐसे अभी उसके बाद इसको पाँच से छह मिनट के लिए उबलने देंगे बीच बीच में हम लोग चलाते रहेंगे उबाल आते उबालते मेरी चटनी उबल है, इसको बीच बीच में चलाते देते रहेंगे इसको चलाते चलाते ऐसे ही गाढ़ा करना है अब आप लोग देख सकते हैं मेरी चटनी थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे ये हमारी चटनी लगभग लगभग तैयार लगभग लगभग क्या बन गई है तैयार हो चुकी है मेरी चटनी इतना ही गाढ़ा ठीक है तो अभी हम लोग गैस को बंद करें हमारी चटनी बन तैयार है अब ये हमारी चटनी बनकर तैयार हो चुकी है इस चटनी को आप लोग समोसे पकौड़े और छोले में भी डाल के खा सकते हैं और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो आप लोग को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वे लाइक बन दबाना ना भूलें थैंक यू